वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं जो कि कंप्यूटर की है पिछली क्लास में मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ था अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पी के आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप उस टॉपिक को देख सकते हैं इंटरनेट टॉपिक लेकर के आया हुआ जो कि यहां पर डिस्कस करूंगा सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूल क्या क्या हैं? ऑफ़ रूल सबसे है एच टी टी मतलब हाईफर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका कार्य होता है भेज को स्थानांतरित करता है नेक्स्ट हमारा टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका मेन कार्य क्या होता है यह सूचना को छोटे पैकेट के रूप में तोड़ता है यह सूचना को ट ले फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के फादर कौन है विद एच के ऊपर कौन क्या है हाइपर टेच मार्टम लेन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का मतलब क्या वर्ल्ड वाइड बैंक लाया जाता इंटरनेटीसी और आई जो कि सेकेंडरी लाते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरनेट से जुड़ना इंटरनेट किस माध्यम से जुड़ता है इंटरनेट में तीन माध्यम से जुड़ा जाने लगता है पहला है पीसी की हम किसी भी पेपेज को सर्च करते हैं ये सर्च ब्राउजर है आप देखिए जैसे कि क्रोम हो गया मीडियम अब हम आगे चलेंगे सर्च इंजन सर्च इंजन है क्या यह इंटरनेट साइट होती है जैसे कि गूगल हो गया याव हो गया एक्सेट्रा डब्ल्यू डब्ल्यू एम में किस भाषा का यूज किया जाता है एच मतलब हाइपर मतलब कि सभी साइट कितनी भी होती हैं इंटरनेट में सभी का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है देखिए टू टाइप्स के हैं पहला आईपी पी वी फोर ये थर्टी टू बिट का होता है ये आई वी वी ये हमारा वन ट्वेंटी का होता है करने के लिए डीएमसी टेक्निक यूज करी गई जिसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम अब देखेंगे हम डोमेन नेम क्या होता है किसी भी साइट के लास्ट में डॉट करके जो चीज लिखी होती है उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं जैसे .com, लैंग्वेज में यूज़ जाने वाली साइट्स को कमर्शियल बोलते हैं। अब .edu मतलब मतलब एजुकेशन, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो साइट्स होती हैं, उन्हें हम .edu से इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट हमारा को जो भी कंपनी की वेबसाइट होती हैं, नेक्स्ट डोमेन को इंडिकेट करता है अब हमारे नेटवर्क के प्रकार हमारे चार टाइप के नेटवर्क हैं। सबसे पहला है मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारा कहां पे यूज किया जाता है ये सिटी में यूज किया जाता है सिटी केबल नेक्स्ट हमारा बैंक मतलब वाइड एरिया नेटवर्क इसका hota okay. hai फोर्थ जनरेशन की हुई थी 2009 में फिफ्थ जनरेशन की हुई है 2021. अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर याहू गूगल एम एच ये क्या चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है यह कंप्यूटर आधारित इंटरनेट इसका यहां पे यह guna क्वेश्चन नंबर इंटरनेट में प्रयोग होता है इंटरनेट में पैकेट फिचिंग इंटरनेट में पैकेट फिचिंग का यूज किया जाता है तेलिंग हीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं जो कि इंटरनेट की थी अब मैं आपके सामने कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच माई वीडियो